तो नंबर फॉर्मेट के अंदर अगर आप नंबर की फॉर्मेटिंग लेते हैं तो हमारे पास डेसी भी तीन चीजें यहाँ पे होती है पहले डेस्मल पैलेसेज डेस्टल पैलेसेज कैसे डाल सकते हैं उसके लिए यहाँ आप नंबर्स दे सकते हो या फिर आप यहाँ से भी अपनी डेस्मिल च्वाइस कर सकते हो दूसरा होता है थाउजेंड सेपरेटर क्या यहाँ देखिए सैंपल कि थाउजेंड का सेपरेटर लगाना या नहीं लगाना है थाउजेंड का सेपरेटर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं अब यूएस बेस्ड है या इंडियन बेस्ड है और करता है आपकी रीजन के ऊपर कि आपने सेटिंग में कर, कर, कंट्रोल पैनल की सेटिंग में कौन सा रीजन सिलेक्ट कर रखा है और नीचे जो होता है नेगेटिव्स, की नेगेटिव्स आने भी क्या शो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो अब नंबर पे तो ठीक है लेकिन जैसे ही माइनस में आप कुछ डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा बट ये रहेगा माइनस ही बट शो रेड होगा माइनस का सेम्बल श्रो नहीं होगा कलर रेड शो होगा अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं नीचे वाला तो माइनस भी शो होगा और रेड भी शो होगा ये हमारी नंबर फॉर्मेट के अंदर चीजें होती हैं।